ये दिमाग आज आप लोगों के लिए फिर से से एक नया लाए हैं। तो इस आप लोग मैक्सिमम सौ रूपए का पेटीएम कैश अर्न कर सकते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों एक है। तो इसमें कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें आप लोग मैक्सिमम सौ रुपये का पेटीएम कैश आन कर सकते हो छोटा छोटा टास्क पूरा करके तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना वरना एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन आप मिस कर देंगे तो दोस्तों क्या है प्रोसेस इस एप्लीकेशन को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं और इसके माध्यम से कैसे हम लोग सौ रुपये पेटीएम केस कर सकते हैं इसे जानने के लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दोस्तों सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक मिलेगा जिसे टच करना है आप लोग जैसे लिंक टच करके ओपन करोगे आप लोगों के सामने प्ले स्टोर में एक ऐप ओपन होगा जिसका नाम फन रिवार्ड डेली अर्निंग ऐप है तो दोस्तों इस ऐप को पहले से डाउनलोड करके रख चुके हैं अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर लें दोस्तों आप लोग जैसे ऐप को डाउनलोड करके ओपन करोगे आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा आप लोगों को लॉग इन विथ गूगल पर क्लिक करके लॉग इन विथ गूगल पर क्लिक करके इसे एक जी सेलेक्ट करके लॉगिन कर लेना है दोस्तों तो दोस्तों यहां पर हम एक जिमेल सेलेक्ट करके लॉग कर रहे हैं कुछ देर वेट करते हैं दोस्तों उसके बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा दोस्तों हमने पहले से ऐप यूज किए हैं और केवल डेली बोनस से हमारे पास 307 कॉइन हो चुका है तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग डेली बोनस यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं पहले आप लोगों को यहाँ पर 100 कॉइन पहले से दिया जाएगा साइन जाएगा 100 कॉइन और डेली बोनस 100 कॉइन 200 सौ कॉइन आप लोगों के पास तुरंत हो जाएगा दोस्तों डेली बोनस कॉइन करने एक्सेस करने के लिए आप लोग यहाँ डेली बोनस पर क्लिक करेंगे आप लोग जैसे डेली बोनस पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने देख सकते हैं यहाँ दोस्तों एड को हम लोगों को यहाँ कट कर देना है दोस्तों उसके बाद आप लोगों को वॉलेट में देख सकते हैं चार सौ नौ कॉइन हो चुका है आप लोग यहाँ स्क्रैच करके भी एम कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर चार कॉइन और जुड़ चुका है दोस्तों कुछ देर हम वेट करते हैं सक्सेसफुली जुड़ चुका है चार कॉइन दोस्तों यहाँ पर एक ऐड हम लोग को देखना पड़ेगा तो चलिए एड को देख के बसकिप करते हैं वीडियो छोटा छोटा ऐड होता है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर चार सौ हो चुका है दोस्तों आप लोग तुरंत इससे अर्न कर सकते हो पैसा तुरंत पाँच रुपया इससे अर्न कर सकते हो दोस्तों और देखिए यहाँ पर बहुत सारा टास्क ऑफर दिया गया है अगर आप सर्वे करेंगे तो 500 सौ कॉइन आप लोग को यहां तुरंत दिया जाएगा यानी कि पचास रुपये दोस्त तो चलिए अभी सर्वे हम नहीं करते हैं फिलहाल है। क्लिक क्लिकर करके आप लोगों को टास्क ऑफर दिखा देते हैं दोस्तों इसमें बहुत सारा टास्क ऑफर दिया गया है 600 सौ कॉइन अगर आप स्किल ऐप आप लोग सिर्फ एक दो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तुरंत तो आप लोग दस रुपये व्यूट कर सकते हैं और बहुत सारा ऑफर दिया गया है फन रिवार्ड व आई से अगर आप यूट्यूब क्रिएट करेंगे इससे दोस्तों तो पाँच कॉइन दिया जाएगा पचास हज़ार कॉन तो इससे आप लोग बहुत सारे पैसा बेटा तुमसे ना हो पाएगा हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है तुमसे ना हो दोस्तों आपके वॉलेट में अगर पाँच सौ कॉइन या हज़ार कॉइन हो जाएगा उसके बाद आप वीडियो कर सकते हैं वीडियो करने के लिए आप लोग यहां पर थ्री डॉ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्वाइट अर्न करके आप लोग 200 सौ कॉन अर्न कर सकते हैं यानी कि अगर आप किसी को शेयर करेंगे तो आपके लिंक से अगर कोई डाउनलोड करेगा तो आपको 200 सौ फ्री में दिया जाएगा दोस्तों यानी कि दो रुपया तो दोस्तों अगर आपके पास 500 सौ कॉन या हज़ार कॉइन हो जाएगा उसके बाद आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे वीड्रो करने के लिए उसके बाद माई वैलेट पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद रीडिंग पर क्लिक करेंगे और आपके आपको यहां पर चूज करना है अगर आपके पास 500 सौ है तो 500 सौ कैश वीड्रो कर सकते हैं अगर आपके पास दस रुपया है तो दस रुपये पेटीएम कैसे वीड्रो कर सकते हैं मैक्सिमम सौ रुपये तक यहाँ वीडो कर सकते हैं दोस्तों और आप लोग चाहे तो Google Play Store में रिवार्ड भी ले सकते हैं तो मेरे पास तो अभी फिलहाल 500 पॉइंट नहीं है होता तो यहाँ से वीडियो करके दिखा देती हैं दोस्तों वीडियो करने के लिए आप लोग सिंपली पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर फिल करना है आप लोगों को तुरंत वीड्रो हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाय बाय टाटा गुड बाय गया